तो वो है की आपको बताते हैं कि भाई, अगर तुम हमसे तो सब दे देंगे। मतलब इन द सेंस तुम्हें हार देंगे मतलब यार हरा देंगे भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ भी गेम प्ले स्टार्ट करते हैं In three, two, one, let's go. पहला गोल तो मैं ही मारूंगा चल कुछ भी कर ले. चल चल. कोई या शेट मिस हो गया कोई नहीं वापिस आगे ले लेंगे भाई अंदर जा रहा ओये अटार्च. चल साइड में जाके लग के थोड़ा बच गये. Best best best. Safe. साइड से थोड़ा हट जाता है ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है भाई बूज तो वैसा। पहला नहीं हो तो कोई हो अपने हाथ चलो तो भाई जल्दी तो लेने बहुत तो जल्दी लेने आता है बूथ लेने में देना जल्दी फोड़ दिया इसको <laughs> कितनी स्पीड में आता ऐसे खुद दोबारा आ गया ओए ओए भाई गोल गोल गोल क्या बेटा बेटा बेटा समझ में आया बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है है सो एक गोल तो हो गया सेकंड गोल भी करना। है? नहीं बोल गो। ऐसी गोल हो जाता है वो यार कहा चल जा रहा, रहा है बंदा मेरे पे था भाई हवा निकल गई से चैलेंज दिया था तुम भी खेलने नहीं आ रहे मुझे लग रहे नहीं नहीं रहे। तो ते ते ते रहा है उसको। नहीं नहीं बंदा पीछे से तो रहा है लोग ने कोशिश करेगा अरे कोई ही घुस गया जाके दो गोल अपने। स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है भाई लास्ट भी ऐसे हो जाएगा पकड़ते जा रहा है तो नहीं चलो, ये भी। भाई की बंदे की किस्मत खराब है कोई नहीं एक किया ना लेट पे हम ही हटा सकते इसको। लेते हैं। उसके शिट। यार, इतना अच्छा बना हुआ नहीं, भी चल चल चल नहीं भाई नहीं ओ ओ यार, शिट, हुआ। देखो चार पांच बार मिस हो गया कोई नहीं अब ये क्या हो रहा है घूमे जा रहा बॉल नहीं आ रहा है टीम टीम वो बंदा एक पे भाई देखो जो खेलना नहीं आता चैलेंज नहीं देते किसी ने ठीक है आज के बाद चैनल में देना जल्दी। सेकंड गोल भी ये गोल भी हमारा ही होगा मैंने शॉट शॉर्ट यार।, तो यार। कहा जा रहे हो गोल करने वाला था भाई साहब एकदम इसको बोलते हैं ना एकदम एंड मौके पे आके रोक दिया मैंने गोल को <laughs> रुक गया गोल तो गेम थोड़ा मेरे को थोड़ा आके तू गया तेरा एक और गोल कर देखो चल बूस्ट ले लिया सेकंड बूस्ट तो हमारे पास है चलो बॉल को उसकी जगह से हटाते हैं नहीं तो वो गोल कभी भी कर सकता है चलो उसके हाथ से हटा बॉल ये बॉक्स ओह सब इतनी स्पीड से आता है मतलब बॉल लेने आ रहा था इतनी स्पीड से ये हटा दिया चलो ठीक ठीक कोई नहीं अभी हमारे हम लीड में है ना कर सकते हैं चलो बॉल ले लेते हैं अबे भेज देती है भाई गलती से हो गया मैंने जानबूझ से से नहीं नहीं किया गलती गलती मैंने मैंने ही मार मार दिया उसका गोल गोल कोई अभी एक एक लीड पे हम हैं होती होती है भाई गलती सबसे होती है भाई सबसे ये बंदा खुश हो रहा होगा दी फॉर्म में आगे लग रहा है बंदा लेने दे। ओ यार क्या चीटिंग अबे दो गोल मैंने मार दिए उसके वो बंदा सामने से निकल था रहा था आराम से बैठने के गोल में बूम। यार शिट ये हुआ अबे ये कब हुआ गोल एक ही टक्कर में गोल हो गया ओ भाई साहब ये मस्त है यार ऐसी गोल हो गया मेरा तो कोई नहीं एक मिनट पर आ ना हम वापिस चलो एक और गोल हो गया स्कूल में तो एक और कर लेते हैं चल आ, नहीं हुआ इस बार नहीं हुआ भाई वो तुक्का हर बार नहीं लगता लगाना पड़ता है रह ले नहीं दे रहा बॉल देखो पीछे बैग पर रह के चल रहा है एक और टक्कर एक और टक्कर भाई, वही टक्कर काले जाएगा कर ले जाएगा अपने तो टक्कर मार मार के इसको टक्कर मारने रहे हैं। एक मिनट बचा है इसको गोल करने देना है तो यार। आज चलो देखा भाई सब घर में गुस्से गुस्से निकाल दिया बॉल को इतना गोल मारी तो है। ये मार ही लेता गोल देने। मेरे को दे हटा मेरे मेरे रहा था उसी को हटा रहे टक्कर हाँ चलो दूर गया बॉल। कुछ नहीं एक गोल और कर देगा। देते देते भाई एक गोल और कर देते हैं तो खुशी है नहीं जाएगी एक गोल, यार शिट उसने हमें चैलेंज दिया था और हम जीत के दिखा चुके हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना हो कर सकते हैं आप चलिए तो गुड बाय मिलते हैं अगली वीडियो में